देख रहे हो विनोद <laughs> देख रहे हो विनोद कैसे फंसाया जा रहा है कैसे बात को घुमाया जा रहा है एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है आ, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है अरे जो भर्ती सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हैं उसको ट्विटर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं में निकली बम्पर भर्ती अरे बाबा जी अगर भर्ती निकालना है तो डायरेक्ट निकालिए बच्चे कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं अरे भर्ती निकालना है तो निकाल दीजिए ना क्यों परेशान कर रहे हैं सबको आखिर इतनी सीट जो खाली है वो कब भरेंगे आप दो में कि दो का चुनाव आने के पहले हम आपसे एकदम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं इसकी तैयारी कर करके वो इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं और वो फिर दोबारा उसमें कहीं भ्रमित हो रहे हैं और इसकी जानकारी लेने के चक्कर में बहुत ही परेशान हो रहे हैं तो मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि मतलब आप ये भर्ती जल्द से जल्द निकालें इसे ट्विटर के माध्यम से पोस्ट करके क्या बताना चाहते हैं कि भर्ती और डिले है अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी सूचना देनी है तो उसे सीधे डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे दीजिए तो ऑथेंटिक न्यूज़ मानी जाएगी आप ट्विटर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भर्तियों का प्रचार कर रहे हैं भर्ती कहीं दूर दूर तक कोई नहीं किसी को कोई खबर नहीं आ रही है और आप बस ट्विटर के माध्यम से ये भर्ती करा दिए वो भर्ती करा दिए जबकि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारे रिक्त पद खाली हैं तो मैं बाबा जी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भर्ती को जलनाएँ और बच्चों को जो दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनसे उनको मुक्ति दिलाइए तो धन्यवाद साथियों ये यह वीडियो यहीं तक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय इन साथियों